पासवर्ड डालने के बाद आप ओपन करेंगे तो आप फिर जितने पूरी कॉल डिटेल यहां पे आप देख सकते हैं आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अगर आप एयरटेल का सिम यूज करते हैं तो उसकी कॉल डिटेल कैसे चेक कर सकते हैं निकाल सकते हैं अगर आपका आपके पास कीपैड फोन स्मार्टफोन कोई सा भी फोन है तो आप कॉल डिटेल को कैसे चेक कर सकते हैं निकाल सकते हैं पूरे एक महीने दो महीने तीन महीने चार महीने जितने की छह आप निकाल सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो की रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचती रहे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपको अपने फ़ोन में मैसेज आपको अपने फ़ोन में मैसेज ओपन कर लेना है और यहाँ पर जहाँ से आप मैसेज सेंड करते हैं उस पर आपको क्लिक कर लेना जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिसिप्ट जहाँ पे हमें सेंड करना है वन टू वन लिखेंगे ठीक है वन टू वन लिखने के बाद कस्टमर केयर का नंबर से कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर मैसेज टाइप करना है क्या लिखना है आपको ई पी आर ई पी आर और कैसेम एस टाइप करना है ई पी आर ई बी डबल आई एल दे लिखने के बाद आपको इस्पेस देना है इस्पेस देने के बाद आप जिस महीने का निकालना चाहते हैं जैसे कि हमें जनवरी मंथ का निकालना है तो जे ई एल उसका स्टार्टिंग का तीन वर्ड लिखना है आपको हम जे यू एन लिख लेते हैं आपको ध्यान रहे सभी कैपिटल लेटर में लिखना है जे यू एन उसके बाद आपको स्पेस देना थे है स्पेस देने के बाद आपको ईमेल आईडी, जो भी आपकी ई मेल आई डी है ई मेल आपको डाल देना है ईमेल आईडी डालने के बाद आपको सिंपल सा सेंड कर देना है वन टू वन पर सेंड कर देना है कस्टमर केयर का जो वन टू वन का नंबर होता है उसी पर आपको सेंड कर देना है जैसा आप यहाँ पे सेंड कर देंगे सेंड करने के बाद तुरंत ही रिटर्न आपके पास देर कस्टमर है भी, receive, भी, आ, देर योर कैन कैन रिसेप्ट कस्टमर योर बिल ऑफ लास्ट सिक्स मंथ ओनली तो हम यहाँ पे अगस्त चल रहा है तो हम सिक्स छः महीने का बिल निकाल सकते हैं तो यहाँ पे आ, हम जनवरी के डाल दिए थे इसलिए नहीं निकल रहा था हम चलिए यहाँ मंथ को चेंज कर लेते हैं यहाँ पे हम जून मंथ का सिलेक्ट कर ले रहे हैं नेक्स्ट आपको सेंड कर देना है जैसा हम यहाँ पे सेंड कर देंगे आप देख सकते हैं हमारे पास ई बिल जो भी हमारा अकाउंट मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर आ गया है मतलब आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद नीचे आप यहाँ पे देखेंगे कि पासवर्ड आ चुका है सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको पासवर्ड को कॉपी कर लेना है पासवर्ड को कॉपी करने के बाद आपने जो ई मेल डाली है उस ईमेल आई डी पे आपको लॉग कर लेना है उस ई मेल पे आपको चले जाना है आप स्मार्टफोन फोन चला रहे हैं तभी निकल जाएगा बेसिक फ़ोन आप की वाला फ़ोन निकल चलाते हैं तभी आपकी कॉल कॉल डिटेल पूरी निकाल सकते हैं एक महीने की और आप छः महीने तक निकाल सकते हैं छः महीने की पिछली कॉल डिटेल को चेक कर सकते हैं यहाँ पे हम अपना मेल आई डी कर लेते हैं आप देख सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी मेल आई का भी बिल हमारा आ चुका है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप इस तरीके की कुछ ओपन हो जाएगा आपके मेल आईडी पर ओपन होने के बाद जो भी आपका पीडीएफ भेजा गया है उस आप क्लिक कर लेना है यहाँ पे आपका पीडीएफ जो भेजा गया है पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड होने के बाद आपको सिंपल सा पासवर्ड डालना है यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हो चुका है हम ड्राइव से ओपन कर लेते हैं ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आपको पासवर्ड जो आपके एस पे भेजा गया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल है पासवर्ड डालने के बाद आप ओपन करेंगे तो आपकी जितनी पूरी कॉल डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं एक महीने में हम जितने भी कॉल डिटेल हमारी है पूरी बात की यहाँ पे आप निकाल सकते हैं पूरा एक टू जेट आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा अकाउंट नंबर और जो भी हमने कॉल डिटेल्स बातें की थी उस सारी कॉल डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन घंटी को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो के रेगुलर डेट आप तक पहुँचती रहेगी मिलते हैं इस तरह के इंटरेस्ट वीडियो के साथ